देशभर में दशहरा के पर्व पर रावण का दहन किया गया मैहर में भी 30 फीट के रावण का दहन हुआ कार्यक्रम में मैर नगर दशहरा कमेटी अध्यक्ष के साथ अन्य कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण दहन का कार्यक्रम देशभर में दशहरे के रूप में मनाया गया इस दौरान मैहर में भी दशहरा कमेटी द्वारा दशहरा मैदान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ महर किला से शोभा यात्रा निकाली गई जिसका महर स्टेडियम पहुंचकर कर विधि विधान से पूजन किया गया कार्यक्रम में राधा कृष्ण का नृत्य हुआ श्री राम रावण का युद्ध का मंचन हुआ जिसके बाद दशहरा मैदान में 30 फीट का रावण दहन हुआ दशहरे के मौके पर देशभर में लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण दहन करते हैं और रावण के पुतले के साथ अपनी बुराइयों को जलाते हैं और उससे होने वाले प्रकाश के रूप में अपने जीवन में अच्छाई को उतारते हैं